घर में कौन कौन है हम छे जन कौन कौन चार दीवारी मैं। में <laughs> <laughs> ये तो खिसकेला लगता है रे? अरे